नमस्कार दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा डी फेस्ट जॉब फेयर 2022 यानी कि जोधपुर डी फेस्ट जॉब फेयर 2022 है जो आपके लिए यहां पर है जो आयोजन होने वाला है उसका तो उसमें आपको बिना किसी परीक्षा के आपकी योग्यता के अनुसार जो आपको एक अच्छा सा जॉब मिलने वाला है दोस्तों इसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और कब है जो ये आयोजन होगा तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा वो सारी जानकारी मिलेगी वीडियो लास्ट तक देखना है और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा आगामी 11 व बारह नवंबर को आयोजित होने वाले डीजीपे जॉब फेयर दो का जो आयोजन है वो किया जा रहा है युवाओं को रोजगार के कई अवसर तथा आई क्षेत्र के नए प्रयोगों को एक मंथ से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और इस फेयर में जॉब ऑफर के साथ 250 यानी ढाई से अधिक कंपनियां हैं जो पार्टिसिपेट करने वाली है जिसमें कि आईटी, बीपीओ केपीओ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर ऑटोमोबाइल्स बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज आई टी इंश्योरेंस टेलीकॉम टूरिज्म आदि प्लेसमेंट है जो आपको देने वाली है ठीक है दोस्तों इसका आयोजन है वो जोधपुर में रेजिडेंसी रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत भी उपस्थित रहने वाले हैं ठीक है थीके? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के, के अतिरिक्त निदेशक एमआर पुरोहित ने बताया कि कोरोना काल के बाद जोधपुर में होने वाले डीजी फेस्ट में आईटी नवाचारों नवासरों का जो परफॉर्म है वो किया जाएगा इसमें दोस्तों दे, देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो कंपनियां है वो भाग लेने वाली है उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऑगमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से विभिन्न आई कंपनियां हैं जो अपने अपने परफॉर्म वो करने वाली है ठीक है इसी प्रकार फेस्ट के दौरान विभिन्न आईटी तथा अन्य क्षेत्रों के अनुभवी कि एक्सपीरियंट और प्रशिक्षित लोगों द्वारा विभिन्न सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उन्होंने प्रदेश के सभी युवाओं से इस डीजी फेस्ट में भाग लेने के लिए आह्वान किया है बताया कि आई जॉब फेयर में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी है जो क्या करें दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आई की वेबसाइट पर जाए और वहां पर जाकर आप बेसिक जानकारी भर के ऑनलाइन पंजीकरण है वो करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तथा आईटी जॉब फेयर स्थल पर भी आप है जो पंजीकरण करवाए जाने की व्यवस्था की जाएगी दोस्तों इसके लिए आपको है जो अपना जो रेज्यूम है वो लेकर जाना होगा आप 11 या 12 नवम्बर को जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजन स्थल पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे ठीक है युवा दोस्तों क्यू सुविधा का उपयोग कर अपना जो पंजीकरण है वो खुद भी कर पाएंगे जॉब फेयर में पंजीकरण करवाना निःशुल्क है ठीक है तो इसमें आपका है जो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा बिल्कुल आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी योग्यता के अनुसार जो भी कंपनियाँ वहां पर प्लेसमेंट देगी उसके अनुसार आप जॉब पा सकते हैं तो दोस्तों बिल्कुल यहां पर मत भूलिएगा 11 और 12 नंबर को जोधपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहां पर है जो डीजीपेड जॉब पर होने वाला है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजस्थान की इसी प्रकार की समस्त वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग